बच्चों का हाथ तो पटाते हैं तो हो जाइए सावधान क्यों पूरा वीडियो देखिए लास्ट हेलो फ्रेंड्स वेलकम टू माई यूट्यूब चैनल आद्या सिंधी कैसे हैं आप सब आई होप सब बहुत अच्छे होंगे तो फिर से मैं एक न्यू वीडियो लेके आई हूँ तो आज का जो वीडियो है ना अगर आपको पूरा देखना है ना तो एंड तक वीडियो देखना पड़ेगा चलो जल्दी वीडियो स्टार्ट करते हैं बच्चों की पटाई करना बंद करें कहीं उनके दिमाग पे बुरा असर ना पड़े पिटाई का बच्चों पे इस तरह पड़ता है बुरा असर अगर माता पिता जान लेंगे तो नहीं उठाएंगे ऐसा कदम हमने कई बार देखा हुआ सुना है कि बच्चे जब अक्सर गलतियां कर देते हैं या फिर कोई जिद पकड़ लेते हैं तो माता पिता उन पर अक्सर हाथ उठा देते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं बच्चों को मारने और पीटने से बच्चों पर बहुत बुरा असर पड़ता है ऐसा हो ही नहीं सकता कि पेरेंट्स को बच्चों पर गुस्सा ना आए बच्चे बहुत सैसान होते हैं इस वजह से उनसे कई बार गलतियाँ भी हो जाती हैं ऐसे में अक्सर माँ बाप का हाथ बच्चों पर उठ जाता है कुछ माता पिता बच्चों को सुधारने के लिए मारपीट को ही सही रास्ता समझते हैं लेकिन ये बहुत गलत है माता पिता द्वारा बच्चों पर हाथ उठाने का भावनात्मक और शारीरिक असर पड़ता है तो आइए जानते हैं पेरेंट्स के हाथ उठाने पर बच्चा कैसा महसूस करता है बच्चों पर हाथ उठाने के क्या यही कारण होते हैं जैसे पेरेंट्स को बच्चा उल्टा जवाब दे या फिर उन पर चिल्लाए तब या जब बच्चा गुस्सा दिखाए या नखरे दिखाए तब या बच्चा कोई नियम तोड़े तब या फिर चेतावनी को नजरअंदाज करना तब पेरेंट्स की अपेक्षाओं को पूरा करने में असमर्थ होने पर तब बच्चा जब कुछ गलत करे और तब उसे रोका जाए तब पेरेंट्स उन पर हाथ उठा देते हैं बच्चे भी बन जाते हैं हिंसक अगर आप बच्चों पर हाथ उठाकर उन्हें अनुशासन सिखाने की कोशिश करते हैं तो उन्हें ऐसा लगने लगता है कि मारपीट करना सही है और वो भी अपने के के लोगों के साथ ऐसा ही व्यवहार करते हैं बच्चे अपने और के लोगों से ही सीखते हैं छोटी छोटी बातों पर बच्चों को डांटने से उनके मन में डर बैठ सकता है और बड़ा हो वो दूसरों के साथ भी ऐसा ही व्यवहार कर सकता है बच्चे कब व्यवहारते हैं तो आइए जानते हैं बच्चों पर हाथ खाने से ना केवल उन्हें शारीरिक पीड़ा होती है बल्कि वह भावनात्मक रूप से भी आहत महसूस करता है पेरेंट्स की पिटाई बच्चों को भावनात्मक रूप से झकझोड़ देती है अगर पेरेंट्स अपने बच्चों को बार बार उसकी गलती ही बताते रहेंगे तो इससे बच्चे को लगने लगता है कि वो एक अच्छा इंसान नहीं है वो खुद को बुरा मानने लगता है और बड़ा होकर वह अपनी ही इज्जत नहीं कर पाता बच्चों में अक्सर हो जाती है विश्वास की कमी क्यों सुनिए यदि आपको लगता है कि पिटाई करने से आपके बच्चे के व्यवहार में सुधार आएगा तो आप गलत हैं। पिटाई के निशान शरीर से तो चले जाते हैं लेकिन मन पर गहरी छाप छोड़ जाते हैं अपने साथ हुए बुरे व्यवहार के कारण बच्चे के आत्मविश्वास को चोट लग सकती है आप उसे जितना मारेंगे वो उतनी ही ज्यादा गलती करेगा इससे उसे अपने बारे में और ज्यादा बुरा महसूस होगा जो कि बच्चों के विकास के लिए बिल्कुल भी सही नहीं है विद्रोही हो जाते हैं बच्चे क्यों तो सुनो बच्चों पर हाथ उठाने वाले माता पिता यह बिल्कुल नहीं समझ पाते हैं कि ऐसा करके वह अपने बच्चों को ही अपने आप से दूर कर रहे हैं अगर आपकी ये आदत बहुत ज़्यादा बढ़ गई है तो वो एक या दो बार तो डरेगा लेकिन इसके बाद विद्रोह ही बन जाएगा उसे पता होगा कि वो जितना भी गलत कर ले कि आप उसकी बस पिटाई करके उसे छोड़ देंगे इसलिए बच्चों को मारना सही नहीं होता गुस्सा बढ़ सकता है बच्चों का क्यों? तो जिन बच्चों के साथ अधिक मार होती है उन बच्चों में बहुत गुस्सा देखा जाता है अगर छोटी छोटी बातों पर बच्चे से पिटाई करते हैं तो इससे बच्चे के मन में गुस्सा पैदा होने लगता है ये गुस्सा किसी भी नकारात्मक तरीके से बाहर आ सकता है इसलिए सावधान हो जाइए अपने बच्चों को बाद-बाद पर पीटना बंद कीजिए तो दोस्तों कैसा लगा आज का वीडियो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो मुझे इंस्टाग्राम पे डीएम करके बता देना तो इसी के साथ मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए बाय